फ्रेंड्स कैसे हैं आइयो बाप अच्छे होंगे तो जैसा कि हमेशा की तरह मैं कंटेंट आपके लिए लेकर के आता रहता हूं तो ऐसे ही आज मैंने कंटेंट और लेकर के आया हूं फ्रेंड्स आपके लिए तो आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताना चाहूंगा आज मैं अनलॉक टूल के बारे में आपको डिटेल करने वाला हूं कि आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं कैसे उसको आप परचेस कर सकते हैं कैसे आप उसको चला सकते हैं और कैसे सेटअप को डाउनलोड करना है कैसे रजिस्टर्ड करना है ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ फिर इसी का जस्ट नेक्स्ट वीडियो मैं आपको 100 परसेंट इसका प्रैक्टिकल दूंगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है फ्रेंड्स तो मैं 110 परसेंट इसका प्रैक्टिकल देने वाला हूँ तो इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो है मैं इसका प्रैक्टिकल दूंगा एक सोमी फ़ोन का जो कि मैं डिटेल करूँगा अभी पूरे आगे में तो वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सारा प्रोसेस हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे और फुल डिटेल देने वाला हूं अनलॉक टूल पे कि काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे सर थोड़ा अनलॉक टूल के बारे में बताइए कि कहां से हम परचेज़ कर सकते हैं कैसे यूज़ करना है क्या सारा चीज़ तो हम आपको अनलॉक टूल के बारे में यहाँ पर डिटेल कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और छोटा सा अपडेट कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन दबा लें जिससे हमारे नए नए कंटेंट आपको तुरंत मिलते रहे तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा टूल के इंटरफेस और इसके अपडेट के बारे में सारा चीज मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको डिटेल देने वाला हूँ क्योंकि सबसे पहला मस्ट यही होता है कि टूल के बारे में उसका इंट्रो कराना सारी चीजें मैं यहाँ पे पहले आपको टूल के बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स तो देखिए ये अनलॉक टूल है आपको लिखना है गूगल में जाने के बाद सीधा लिखना है अनलॉक टूल डॉट अनलॉक टूल डॉट आप लिखेंगे तो सीधा और सीधा आप इसके वेबसाइट पे चले जाएंगे जैसा कि आप ये देख सकते हैं अनलॉक टूल तो यहाँ पे आप सबसे बड़ी बात की फ्रेंड्स इन्होंने, इन्होंने ये जो वर्जन है इन्होंने क्या क्या ऐड किया हुआ है ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ओप्पो ए नाइन ओप्पो A31 थर्टी ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को बहुत ही ईजिली तरीके से मिल जाएगा और UFS सीप में 2.1 टू एडेड है जैसे रैनो थ्री रेनो जेट रैनो जेट ये डूअल और ये सारा चीज़ यहाँ पे आप सकते हैं UFS 5G भी यहाँ पे अपडेट कर दिया है यहाँ पे रेनो थ्री रैनो फोर और यहाँ पे F17 Pro भी यहाँ पे मीटा का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऐड कर दिया है तो ये बात थी फ्रेंड्स यहाँ पर इनकी अपडेट की तो ये जो न्यू अभी आया है सौमी का एम आई सी सी यहाँ पर भी इन्होंने ऐड कर दिया है और ये आप सौमी का ये भी देख सकते हैं कि सपोर्ट फ्लैश इरीज फैक्ट्री रिसेट एम आई अकाउंट ये सारा चीज़ इन्होंने ऐड किया हुआ है वीवो की हम बात करें तो वीवो के कॉलकम फैक्ट्री रिसेट में भी इन्होंने ऐड कर दिया है वीवो वाई ट्वेंटी कर दिया इन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई ट्वेंटी पे वी नाइनटीन पे वी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा मॉडल इन्होंने अपडेट टूल में ऐड कर दिया है तो ये टूल के अपडेट्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स उसके बाद सिंपल और सिंपल हमें इसका डाउनलोड करना होता है समझ तो इसका डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें सेटअप चाहिए से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड सबसे पहले एक्टिवेशन नाव जो कि आप किसी भी रिसेलर जैसे आप टिक करते हैं तो रिसेलर के नंबर्स आ जाएंगे फॉर्म्स रिसलर्स यहाँ पे फॉरम फॉर्मवेयर और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड टूल तो जैसे ही आप डाउनलोड टूल पे क्लिक करते हैं जो उसका वर्जन चल रहा है अभी तो आप देख सकते हैं 6.5 आप इसको सिंपल तरीके से आप नीचे आएंगे फ्रेंड्स और ये बताते हैं कि हमारे हमने क्या क्या ऐड किया हुआ है सीधा और सीधा गूगल ड्राइव या मीडिया फेयर से आप इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं सिंपल तरीके से तो ये हुआ हमारा टूल डाउनलोड करने का प्रोसेस तो टूल डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे आ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे फ्रेंड्स लॉगिंग रजिस्टर्ड जैसे ही आप इस्टोर में पहुंचे फ्रेंड तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड भी कर लें तो सबसे बेटर होगा नहीं तो आप टूल के माध्यम से भी जाएंगे तो वहाँ भी आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा पर फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप यहीं से इसको रजिस्टर्ड कर लें तो जैसा आप देखेंगे यहाँ पे जैसा मैंने यहाँ पे लॉगिंग आईडी हमारी डली हुई है अकाउंट आप जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे तो एक रजिस्टर्ड पर आएगा ऑप्शन तो आप अपना यहाँ पे एक अकाउंट एक यहाँ पर अपना आई और जी मेल और पासवर्ड आप क्रिएट कर लेंगे जबकि आप टूल में आप चले जाएंगे नहीं तो आप डायरेक्ट मैं आपको टूल का इंटरफेस से दिखा देता हूँ तो चलिए मैं टूल का इंटरफेस जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो देखिए हमारा अनलॉक टूल आ जाएगा फ्रेंड्स जो हमारा ये भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है तो हम इसे कर लेते हैं ओपन कर लेते हैं ओपन तो इस टूल को आप कैसे डाउनलोड करना है कहां से आपको एक्टिवेट करना है सारा चीज आपको अगर एक्टिवेशन चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप उसमें हमें मैसेज करिए आपको हम इसमें एक्टिवेट करा देंगे तो जो इसका एक्टिवेशन होता है फ्रेंड्स और मैं अपडेट देना चाहता हूँ जो इसका एक्टिवेशन होता है ये होता है फ्रेंड्स आपका तीन महीने का छः महीने का और यहाँ पे होता है आपका बारह महीने का तो मैं इसको तब से कर देता हूँ लॉगिंग तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिंग करने से पहले ये हमारा अनलॉक टूल का इंटरफेस है जो कि लॉगिंग तो हमने यहाँ पर लॉगिंग कर लिया यूज़र आईडी और पासवर्ड हमने डाला हुआ है उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप इनके साइड पर चले जाएंगे और साइड में जाने के बाद आपको सिंपल सा कर लेना है रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड करने के बाद आपको फ्रेंड्स अपना ये आई और आईडी और केवल केवल और केवल आपको आईडी देना है और अपना जीमेल देना है और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा अब ये जो अकाउंट एक्टिवेट होगा मैं इसको कर देता हूं लॉगिंग और इसको कर देता हूं फिलहाल मेनमाइज ये जो एक्टिवेट जो अकाउंट हमारा लॉगिंग होगा फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो एक्टिवेशन है आप यहाँ से देख सकते हैं एक्टिवेट टूर पे जैसे हम जाएंगे एक्टिवेट टूर पे जाने के देखिए थ्री मंथ का होता है और ये होता है आपका छे मंथ का और एक होता है आप आपका 12 मंथ का फ्रेंड्स ये देख सकते हैं 12 मंथ 6 मंथ और तीन मंथ जो कि इसके अलग अलग एक्टिवेशन है जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अगर मेंशन होगा तो मैं उसके प्राइस का भी मेंशन कर दूंगा बाकी आपको जहाँ से भी लगे आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो बाकी डिस्क्रिप्शन में आप व्हाट्सएप नंबर है आप उसमें मैसेज करेंगे और आपको वहाँ से जाकर के इसकी सब्सक्रिप्शन इसकी एक्टिवेशन आपको मिल जाएगी तो ज़्यादा बेटर है कि आप यहाँ से एक साल का ले लें या ट्रायल के लिए आप तीन महीने का ले सकते हैं या ट्रायल के लिए आप छः महीने का ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पे छह महीने का अपना रजिस्टर्ड कराया हुआ है जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ और इस टूल के माध्यम से आपको यहाँ पे फॉर्म भी मिल जाते हैं जो कि सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ से फॉर्म मिल जाएंगे होनर के मिल जाएंगे हॉनर अभावे आप देख सकते हैं हॉनर के फॉर्म मिल जाएंगे आपको स्वामी के फॉर्म मिल जाएंगे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारे हॉनर के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे फॉर्म में फ्रेंड तो आप बहुत इजीली तरीके से यहाँ पर फ्लैश कर सकते हो और मैं आपको दिखाऊंगा टूल के इंटरफेस में आप टूल के इंटरफेस में क्या क्या कर सकते हो सारी चीज़ें तो इस टूल के माध्यम से थोड़ी सी वीडियो अगर बड़ी बनती है क्योंकि मैं फुल डिटेल के साथ आपको वीडियो दे रहा हूँ फ्रेंड तो थोड़ा सा आप इसे वीडियो को देख सकते हैं ये देखिए तो यहाँ पे एम आई सैमसंग काफी सारे मॉडलों के यहाँ पे फॉर्म पर डले हुए हैं अगर हम सामी की बात करें तो सोमी के फॉर्म पर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे नोट एट ऑल वर्जन नोट सेवन ये मिल जाएंगे आपको अगर हम सैमसंग की बात करें तो कुछ सैमसंग के भी फॉर्मवेयर आपको देखिए बहुत ईजिली तरीके से J3, J5 Prime, YouTube प्राइम यूट्यूब की यहाँ पे फाइल आपको मिल जाएगी डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड होना चालू हो जाएगी अगर हम यही ओप्पो की बात करें तो ओप्पो में भी आपको F5, F5 Youth, फाइव यूथ एफ यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इतना सारे धीरे धीरे ये टूल बहुत अपडेट कर रहा है वीवो की बात करें तो वीवो में भी कोई फॉर्मवेयर नहीं है तो चलिए अब हम चलते हैं इसके टूल में तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा टूल का इंटरफेस है ये अनलॉक टूल का इंटरफेस है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा ये अनलॉक टूल का इंटरफेस है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये अनलॉक टूल का इंटरफेस है फ्रेंड अनलॉक टूल में आप यहाँ पे क्या क्या है मैं शुरू से सब कुछ डिटेल करूँगी क्योंकि ये वीडियो है टूल के बारे में ही तो इस टूल का मैं सारा अपडेट यहाँ पे करने वाला हूँ तो एक बहुत जो हमारे कमेंट आते थे सर एम के फोन में एम अकाउंट का एंट्री डी लग जाना पार बार बार नेटवर्क वाईफाई कनेक्ट करने के बाद भी हमारा लॉक वापस से लग जाना फ्रेंड तो इस टूल के माध्यम से अगर आप एम अकाउंट रिमूव करते हैं तो आपका कोई भी एम आई अकाउंट दोबारा वापस से नहीं लगेगा तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा यही है इस टूल का कि आपको यहाँ पे एम में जाना है सौम्य में जाना है सौमी में जाने के बाद अगर आपको फ्लैशिंग करना है तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से फ्लैश कर सकते हैं नहीं तो आप सिक्योरिटी में जा करके फ्रेंड्स क्योंकि हर एक सबका बताना बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका वीडियो में आपको हमारे चैनल में आप कंटिन्यू देखते रहेंगे और इसका वीडियो में अभी जस्ट इसके नेक्स्ट डे मैं आपको एक सोमी का एमआई अकाउंट यहाँ से आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि फिर से एम अकाउंट लगता है कि नहीं लगता है तो देख सकते हैं इतने सारे मॉडल्स हैं यहाँ पे इसमें कॉलकम और मीडा जिसमें ऑर्थ लिखा हुआ है जैसे पोचो सी ये मीडा है और यहाँ पे ईडीएल लिखा हुआ है तो ये आपका कॉलकम सी है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सौमी रेडमी और यहाँ पे अकाउंट तो का भी आपको खुल जाएगा तो मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा कर लेता हूँ और ये देखिए तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जैसे ही हमने इसको खोला तो यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट और और यहाँ पे एम आई अकाउंट आप बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हैं दूसरी चीज आप यहाँ पे मॉडल्स देख सकते हैं काफी सारे मॉडल्स यहाँ पे एड हैं जो कि अगर आप इससे एफ आर पी अकाउंट uh, अगर आप uh, डिसबल करते हैं तो आपका वापस से कोई भी एम आई अकाउंट नहीं लगेगा फ्रेंड्स मैं ये आपको भी प्रैक्टिकल देने वाला हूँ तो बहुत अच्छा लगा इस टूल के बारे में इस टूल को मैं यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे करके देने वाला हूँ सब कुछ फ्रेंड्स क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइस मेजर को भी ओपन कर सकते हैं सारी चीज़ें हैं यहाँ पे किसी भी चीज़ का टेस्ट पॉइंट आपको फाइंड करना है तो आप देखिए मॉडल वाइज जा करके आप यहाँ पर टेस्ट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं ये प्रैक्टिकल मैं आपको दूँगा फ्रेंड्स ये मैं प्रैक्टिकल दूंगा आपको नेक्स्ट नेक्स्ट में विद प्रैक्टिकल कि आपको कैसे टेस्ट पॉइंट को फाइंड करना है कैसे क्या करना है सारा चीज फास्टफूड एडीबी ये सब मैं आपको विध प्रैक्टिकल दूंगा ऐसे ही सैमसंग की बात करते हैं तो सैमसंग की आप मॉडल uh, वाइज जा करके एफ़ आर पी ए डी बी और सारा चीज़ करके आप यहां से रिमूव कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हवाई हवाई का भी जो काम करेगा जैसे हमने एम आर टी के लिए प्रिपेयर किया था तो आप यहां से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आप सी पी वाई जा करके वन से आप उसकी बहुत इजीली तरीके से एफ आर पी रिसेट या फैक्ट्री रिसेट बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो जो कि इसका भी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा विथ प्रैक्टिकल उसके बाद Oppo की बात करते हैं तो Oppo में भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और काफ़ी मॉडल्स हैं यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया देख सकते हैं फ्रेंड काफ़ी सारे मॉडल हैं जो कि एक टूल से आप सारी चीज़ें फिलहाल कर सकते हो जैसे यूएमटूब मेरे कल मैं सबसे ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ इन फ्यूचर जो टूल मुझे इजी लगता जाएगा मैं उस टूल पर वीडियो बनाता चला जाऊँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद वीवो के भी काफ़ी सारे मॉडल यहाँ पे ऐड है जो ब्राउन लिख रहा है वो मीडा टेक है जो ईडीएल लिख रहा है वो आपका कॉलकम है मैं यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा तो ये देख सकते हैं काफ़ी सारे मॉडल मीडा टेक कॉलकम सब में रिलेटेड है यहाँ पे आप यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट एफ और सेफ फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है जैसे जैसे मॉडल मिलते जाएंगे मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमेशा एक एक वीडियो आपको लेकर के आता रहूँगा वी स्मार्ट और यहाँ पर मेजूस के टेक्नो के एल नोकिया नोकिया के भी यहाँ पे जो मॉडल्स हैं जो कि काफ़ी सारे आते हैं कि सर हमें कैसे एफ आर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई रेज एफ आर पी बहुत इजिली तरीके से आप कर सकते हैं तो मैं सारा प्रैक्टेरियल जितना आता जाएगा मैं यहाँ पे आपको देते की पूरी कोशिश करूंगा लेनोवो है अब यहाँ पे जेनरिक कॉलकम की हम बात करते हैं तो अगर यहाँ पे कोई भी मॉडल या ब्रांड नहीं मिलता है और उसका सीपी जेनरिक कॉलकम है तो आप कॉलकम बेसिस पे यहाँ पर जा के बहुत इजिली तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो एफ रिमूव कर सकते हो और फ्लैसिंग का कभी काम आप कर सकते हो बहुत ही तरीके से वही जेनरिक अगर हम मीडिया टेक की बात करें तो मीडिया टेक में भी आप फॉर्मेट ऑल और फ्लैश यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ पे आरपी और फॉर्मेट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड क्योंकि हमारा फोन एक एंड्रॉयड भी होता है तो एंड्रॉयड माध्यम से भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो लास्ट में इसका जो अपडेट है सॉन्ग एप्पल का एप्पल का आप यहाँ से बाईपास भी कर सकते हो तो आई होप ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी थी आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो इस वीडियो में मैं मैं प्रैक्टिकल अब आपको कंटिन्यू देता रहूँगा तो आप जैसे हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मैं इसका नेक्स्ट डे में एम का जो सबसे बड़ा मसला है मैं यहाँ पे एम का आपको विथ प्रैक्टिकल एम अकाउंट देखाऊंगा रिमूव करके ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है से कि फिर से कहीं वो रिकनेक्ट तो नहीं हो रहा है तो आई होप ये मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा वीडियो के बहुत डिटेलिंग मैंने सारे चीज़ बताया हुआ है तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना मिले मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच